वंस अगेन वेलकम बैक स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो पर जैसा कि आपको पता होगा मैंने यूट्यूब पर एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसमें मैंने ऑप्शन दिया था कि कौन सी वीडियो डाली जाए उसमें भाई 75 फाइव परसेंट बंदो ने यूएम पी ट्रिक को चूज करा था सो so, फाइनली आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ यूएम पी एम लॉक ट्रिक यहाँ पर यूएम और बाकी एस गन्स में एम लॉक हेडसेट के लिए एक ही सेटिंग आरोप ध्यान देना होगा और वो सेटिंग कैसे करनी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ साथ ही साथ कौन सी हेडसेट ट्रिक यूज करनी है वो भी मैं आप लोग को डिटेल्स में बताने वाला हूँ भाई लोग अगर आप चाहते हो की रेड टू रेडसेट लगे तो लिटरली बता रहा हूँ दे तो तो जान सब जानने ऐसी पहले आप लोग रिक्वेस्ट है कीाइक नहीं करा तो लाइक कर देना है चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चलो वीडियो को शुरू करते हैं भाई और एस एम जी गंज की सेटिंग और ट्रिक बताने से पहले अब ऐसे ला जो आप एप लोटस 365 के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ आप अपना क्रिकेट नॉलेज यूज करके अच्छा इनाम जीत सकते हो आपको यहाँ बताना होता है कि क्रिकेट मैच कौन अच्छा खेलेगा और 200 प्लस और भी बहुत सारे गेम खेल सकते हो मतलब गोवा का मजा इनके साइट पे लोटस थ्री ये ट्रस्टेड एंड सेव वेबसाइट है जिनके ब्रांड अम्बेसिडर है नवाजुद्दीन सिद्दीकी उर्वसी रोटेला कीर्ति करबंडा और काजल अग्रवाल है सबसे अच्छी चीज आपका विदड्रॉल यहाँ ट्वेंटी मिनट के अंदर हो जाता है चाहे दिन हो रात अभी अकाउंट ओपन करने पे मिलेगा 365 का बोनस लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में है तो चलो भाई लोग अब मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसी कौन सी से सेटिंग करनी है जिससे आप लोग भी यूएमी और बाकी गन से रेड टू रेड हेडशॉट लगा सकते हो अगर हम सेंसिटिविटी की बात करें तो वो आपको 100 टू 100 रखना है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ लेकिन मैंने आप लोगों को बोला था की एक ही सेटिंग इम्पोर्टेंट होती है और वो है फायर बटन और फायर बटन में दो चीजों का ध्यान रखना होता है पहला फायर बटन साइज और दूसरा फायर बटन पोजिशन अगर आप लोगों का ये दोनों सही है ना तो आप लोग किसी भी गन से इजिली रेड हेड लगा सकते हो तो चलो मैं आपको बता देता हूँ की इसको सेट कैसे करना है तो गेजर सबसे पहले अगर फायर बटन साइज की बात करें तो मैं रखता हूँ 48. अगर आप पूछोगे हम कितना रखे तो आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि 45 से लेके 55 तक रख सकते हो क्योंकि गोर्टी 45 से लेके 55 बेस्ट होती है एक मीडियम रेंज में अब गई दूसरी चीज फायर बटन पोजीशन की बात करें तो मेरा आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा की फायर बटन के नीचे कितना स्पेस रखा हुआ है ये स्पेस इसलिए रखा हुई जब भी मैं डाउन अपड्रेक यूज करूँ यानी कि फायर बटन को नीचे की ओर भी स्वाइप कर सकू ठीक है इसलिए मैं फायर बटन के नीचे इतना स्पेस छोड़ा हुआ हूँ आप लोगों से भी बोलूंगा कि जहाँ भी आप लोग फायर बटन रखो उसके नीचे हल्का सा स्पेस रहना चाहिए क्योंकि UMP और बाकी में लगाने के टाइम हम लोग फायर बटन के बीचों बीच प्रेस नहीं करेंगे फायर बटन के हल्का सा नीचे ही प्रेस करेंगे इसलिए हल्का सा स्पेस रखा कीजिए आई होप गज यहाँ पर सारा सेटिंग आप लोग समझ गए आप लोग कमेंट कर सकते हो अब बढ़ जाते हैं हेडसेट ट्रिक की ओर जिसका आप लोगो को बेसब्री ऐसी इंतजार होगा तो चलो भाई लोग अब जान लेते हैं कौन सा हेडसेट ट्रिक यूज करके इजिली रेड नंबर लगा सकते हैं ध्यान से आप लोग देखना समझ जाना उसके बाद हैंडकैम भी दिखा दूंगा ठीक है यहाँ पर आप लोगों को पता आपकी चॉइस है ठीक है यहाँ पर रेड एम रखना होता है और आपको रोटेशन करना होता है मैं जैसे कर रहा हूँ रोटेशन कर रहा हूँ तो ये लॉक हो रहा है ठीक है इस तरीके से भी हेडसेट लगा सकते हो मतलब कि भाई हेड के साइड में रेड एम रख के हम लोग को फायर बटन को नीचे से राइट साइड से ऊपर की ओर ड्रैग करना होता है ठीक है ना ये आपको पता है ठीक है ये भाई वो बंदे करना जिनके मोबाइल पे ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है ओके ना जिनके मोबाइल पे ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है यानी कि 6gb, जी रैम में खेलते हैं वो लोग ये हेडसेट ट्रिक यूज़ करना बट गई जिनका सेंसिटिविटी कम है या फिर ज़्यादा है फिर भी भाई अच्छा हेडसेट लगाना चाहते हो ना तो उसके लिए भाई एक बेस्ट हेडसेट ट्रिक बता देता हूँ इसके लिए थोड़ा अलग करना होगा और वो हैंड कैम्प के साथ बताऊँगा ठीक है ये भी हेडसेट ट्रिक यूज कर सकते हो ऐसी बात नहीं है कि नहीं करना है बहुत सारे बंदे करते हैं मैं भी करता था बट वाइस अब मैं चेंज कर दिया हूँ ठीक है मैं आप कैसे हेडसेट ट्रिक लगाता हूँ और आपको भी यही बोलूंगा कि ऐसा हेडसेट ट्रिक लगाना चाहिए तो चलो हैंड कैम्प के साथ जान लेते हैं अब वाइस फाइनली जान लो कि कौन सा हेडसेट ट्रिक सबसे बेस्ट है बेस्ट वाली हेडसेट ट्रिक है इस ध्यान से आप लोग देखो इस तरीके से रेड एम रखना होता है मतलब कि किस पैर के जस्ट साइड में रेड एम रखना होता है ठीक है उसके बाद आप लोग को प्रेस करना होता है फायर बटन के हल्का सा नीचे देखो मैं हल्का सा नीचे प्रेस कर रहा हूँ ठीक है बीचों बीच प्रेस नहीं कर रहा नीचे प्रेस करूँगा तो फायर बटन हल्का सा नीचे होगा उसके बाद ऊपर ड्रैग करना है और उसके जस्ट बाद आप लोग को क्विक अपन स्विच यूज करके रन वाला बटन को क्लिक करना होता है ठीक है ना ये ट्रिक भाई यहां पर देखने को मिल रहा होगा यही ट्रिक मैं यूज करता हूँ इस टाइम पे और रेड टू रेड नंबर लगती है भाई एक बार ट्राई करके देखना एक घंटे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना ठीक है उसके बाद मेरे को बताना कि कैसा लगा ठीक है आप लोगों को यही करना होता है यहाँ पे जैसे मैं कर रहा हूं ठीक है रेड एम रखना होता है पैर के जस्ट साइड में और उसके बाद ऊपर की ओर डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं करना होता फायर बटन के नीचे हल्का सा क्लिक करके ऊपर को डायरेक्ट ड्रैग करना होता है उसके बाद क्विक अपन से यूज करके रन वाला बटन को क्लिक करना होता है और हाँ आप लोग रोटेशन ट्रिक भी यूज कर सकते हो ऐसी बात नहीं है कि आप लोग नहीं कर सकते ठीक है इस तरीके से रेड एम रखना होता है ठीक है हेड के साइड में और रोटेशन करना होता है अगर पैर के साइड में रख दे तो डायरेक्ट डाउन अप ड्रैक यूज करना पड़ता है ठीक है तो इस तरीके से दोनों में जो यूज़ करना है वो कर सकते हो बट हाँ गए डाउन अप ड्रैग एक बार जरूर से यूज़ करके देखना मेरी एक मेरे लिए ठीक है एक बार जरूर से यूज़ करके देखना बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आप लोगों को ठीक है ना आई होप गज यहाँ पर जो भी चीज़ें आप लोगों को बताया सारा कुछ समझ में आया होगा कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट कर सकते हो और हाँ गए लाइक के बटन को नहीं दबाया तो एक बार दबा देना है उसी से अच्छा लगता है ठीक है ना और सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करके बेलैकन को प्रेस कर देना मिलते हैं अगली वीडियो पर तब तक के लिए राधे राधे